नमस्कार दोस्तों मैं श्रवण कारू कपिन से आज हम इन पेशेंट को तेरों में होती है तो उसमें हम इनको एक करें। वीडियो को देखते वीडियो को वीडियो को हमने थेरेपी स्टार्ट की है पूरा वीडियो को देखिए ये हमने इस तरीके से लिए और निडल उसी जगह पर लगनी चाहिए जहाँ पे हड्डी नहीं हो इस तरीके से पूरा वीडियो को देखे अच्छे से समझ में आएगा आपको और एकुपेंचर थेरेपी के बहुत सारे बेनिफिट है इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है इसमें पैरों में सुन वगैरह एक दो थेरेपी में आराम मिल जाता है ज़्यादा लंबी लेने की जरूरत नहीं है इसमें हमने पचीस पचास की नींद पचास साठ की और 25 -40 की इस तरीके से नींद से वीडियो को शेयर करें लाइक करें, करें। सब्सक्राइब करेंपी आप घर पर नहीं कर सकते हो, अच्छे थे करवाए ताकि उसका रिजल्ट अच्छा हो एकपी किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए किसको करवानी चाहिए किसको नहीं करवानी चाहिए ये उन को पूरा मालूमत रहता है ये हमने एक मशीन से उनको एक पंचर चैनल से हमने उनको सभी जगह पे हल्का हल्का इलेक्ट्रिकल लगा दिए इस तरीके से वीडियो को पूरा देख के ये देखिए कितनी अच्छे से हो रही है और पेशेंट को इतना अच्छा आराम मिलता है ज़्यादा थैंक यू दोस्तों वीडियो को शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें